ऐसे कोई बंदा नहीं आ बहुत गया बहुत खतरनाक है ओके इसके सामने बंदा काफ़ी अच्छा है भाई वॉल लगा के पैक हो है लेकिन हम छोटे ले। अगर नीचे से आएगा तो ओ तेरी डैमेज गया बट ठीक है कोई बात ओके भाई इसमें भी काफ़ी सारा लैग हुआ ऐसे ही इसमें गया मेरा नेट फिर सही चला ओके ये लो अब पता भाई मेरे पर भी लॉन्च आ नहीं सकते भाई ये बॉल के आर पर कैसे हुआ थी नेट निकलना गई पड़ा ओके ये लो भाई